हेलो गाइस वेलकम है आपका मेरे चैनल पे शशि द एंटरटेनर एंटरटेनमेंट का खजाना और आज मैं खजाना लेके आया हूँ एमेजोन का ग्रेट रिपब्लिक डे फेस्टिवल जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है पंद्रह जनवरी से यानी कि कल से शुरू हो चुका है जो कि चलेगा बीस जनवरी तक काफी सारे अच्छे अच्छे परसेंटेज वाइज आपको ऑफर्स मिल रहे हैं Amazon पे चाहे वो फैशन हो चाहे वो टेलीविजन पे हो चाहे वो मोबाइल्स पे हो एंड खास करके Xiaomi एंड Redmi मोबाइल्स पे तो अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिल रहे हैं यहाँ तक कि आपको ग्रोसरीज पे भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं मोबाइल एक्सेसरीज पे भी बहुत अच्छा डिस्काउंट्स मिल रहा है तो करेंगे इस डिस्काउंट्स के बारे में पूरी बात लेकिन आज मैं बात करूंगा जहाँ पर आपको मेन वोमेन किड्स सब में मिलेगा भारी भरकम छूट तो क्या है ऑफर मैं लेके चलूंगा आपको सीधा वेबसाइट पे और बताऊंगा और आप खुद देखिएगा की कि कितने सारे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं लेकिन उसके पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा कि इस तरह के अच्छे अच्छी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एमेजॉन के वेबसाइट पे तो एमेजॉन फैशन पे आ चुका है आपको जैसे पता ही है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रही ऑलरेडी और आपको बता दू थर्टी डेज का रिटर्न रिटर्न पॉलिसी भी इसमें दिया हुआ है वुमेन मेन किड्स बैग्स लगे स्पोर्ट्स वेयर सेल्स डील्स सब में आपको मिलेगा ऑफर और याद देखिये गेट अप टू टू हंड्रेड रुपीज ऑफ फर्स्ट डिलीवरी करने पे और फर्स्ट ऑर्डर पे तो ये बहुत अच्छी चीज मिली है साथ साथ में बता दू एस कार्ड से आपको मिलेगा टेन का इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू टू ऑन एस क्रेडिट कार्ड टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है वोमेन्स क्लोदिंग की बात करें तो देखिये अंडर थ्री में टॉप एंड ड्रेस कुर्ता साथ मेंंड्रेडी छो रूप से वोमेन्सिंग ये सब भी आपको मिल जाएंगे अंडर थ्री नाइनटी नाइन मेन्स क्लोदिंग की बात करें तो आपको अंडर थ्री नाइनटी नाइन में शर्ट क्लोज शर्ट मिल रही है आपको फोर नाइन के अंडर में शर्ट स्वेट्स जैकेट 799 नाइन्टी नाइन में इनर वेयर थ्री नाइनटी नाइन के अंडर में मिल रहा है जीन्स एट नाइनटी नाइन के अंडर में मिल रहा है कुर्ताज हैंड सेट चौदह सौ निन्यानवे के अंदर में मिल रहा है तो ये चीज है मेन शूज में भी बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं जो कि आपको 149 अंडर वन फोर्टी नाइन के अंदर में आपको स्लीपर्स मिल जा रही है सैंडल्स मिल रहा है वन फोर्टी नाइन रुपीज के अंदर में कैजल शूज अंडर सेवन नाइन्टी नाइन तो बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं देखने के लिए देखिये वोमेन शूज में भी आपको ऑफर मिल रहे हैं सैंडल्स है वाओ फैशन एक्सेसरीज भी भी आपको आपको मिल रहे रहे हैं हैं ज्वेलरी स्टार्टिंग स्टार्टिंग हो हो हो रही है है अंडर अंडर अंडर 199 वॉचेस वॉचेस 499 499 499 के के के के के आप लोगों लेडीज रहा सनग्लासेस 349 अंदर में चालू मेंस बैग्स एंड चौबीस तक अगर पर फैशन कर सकते हैं अपने आप वहां से क्लिक करके सारे प्रोडक्ट का मजा ले सकते हैं तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो पे तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा फीडबैक देता है एंड साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को चलिए बाय बाय मिलता हूँ अगले वीडियो पे